आज बुलाई गई बैठक को न्यू दूध मंडी जहांगीराबाद में सभी दुग्ध समाज के लोग परेशान थे दुखी थे इनके गाय भैंस का चूरा चूनी और भूसा महंगाई के कारण नहीं हो रहा था आज के तारीख में गाय भैंस जो चोकर खाती है चूनी खाती है वो 18 उन्नीस सौ रुपये कुंटल था आज छब्बीस सौ रुपये कुंटल हो गया है जो गाय भैंस भूसा खाती थी पुआल खाती थी जो चार रुपए, पाँच रुपए किलो मिलता था वो आज पंद्रह सौ रुपये कुंटल हो गया है सभी दुग्ध समाज के लोग दूध का रेट दूध की कैटेगरी दूध का गुणवत्ता रेट निर्धारित किया गया है भैंस का दूध स्वच्छ और सही 100 परसेंट सही पैंसठ रुपया प्रति लीटर क्योंकि बंबई और दिल्ली में पचासी रुपये लीटर है गाय का दूध स्वच्छ और सही 45 रुपये प्रति लीटर गांव से जो किसान के यहाँ से लोग दूध देते हैं उसका भी रेट बढ़ाया गया है पैंतालीस रुपये भैंस का दूध और चालीस रुपये में गाय का दूध पैंतीस रुपये में 35 में गांव का दूध गाय का और 45 में गांव का दूध भैंस का यह लोग दूध का पैसा देंगे और अपना भैंस का पैंसठ में और गाय का 45 में जौनपुर शहर में देने काम करेंगे स्वच्छ और सही यह रेट मंगलवार से लागू है क्योंकि हम लोग एक संकल्प लिए हैं कि हनुमान जी को मंगलवार को सुबह छः बजे लड्डू चढ़ा करके दूध समाज में और बकिया दूध लेने वालों को बांट करके उद्घाटन करेंगे दूध का रेट दूध की कैटेगरी और दूध का स्वच्छता देखिए पिछले कई सालों से दुधिया समाज के लोग कम रेट पर जो दूध की बिक्री करते थे उनको लगातार नुकसान का सामना करना पड़ता था चोकर चूनी भूसा उनका चारा भैंस का रेट सब चीज़ में बेतहासा वृद्धि हो गई तो वो दुधिया समाज के लोग जो मांगे चारे खरीदते थे और दूध सस्ते दाम पर बे बेचते थे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होता था उनका घर से नुकसान होता था और जब घर से नुकसान होता था तो वो बेचारे उसमें पानी मिलाने के लिए बाध होते थे और लोग ये कहते थे कि दूध वाले पानी मिला रहे हैं इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया दुधिया समाज के लिए ये निर्णय लिया कि जब हमें चारा भूसा सारे चीज़ जनपद स्तर पे की बात मैं कर रहा हूँ जब हमें महंगा मिल रहा है हमारे भैंस और गाय के रेट माने हो गए हैं तो हम हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम लोगों को शुद्ध पहुँचाएँगे दूध उनको शुद्ध दे देंगे वो तो हमारे भी बच्चे पीते हैं आपके भी बच्चे पीते हैं बीमार तो लोग पीते हैं बुजुर्ग लोग पीते हैं उनको शुद्ध देंगे लेकिन हम शुद्ध देंगे कैसे जब हमें अगर पड़ता नहीं पड़ेगा इसलिए हम लोगों ने अपने रेट को बढ़ाया है भैंस का दूध हमारा इस समय पैंसठ रुपए में शीर्घ दूध दे देंगे और गाय का दूध हम जनता दस जो देंगे वो 45 रुपए में सूर्य देंगे लेकिन यही जो हमारे दुनिया समाज के लोग उतना सक्षम नहीं है गांव से दूध खरीद के लाते हैं वो खरीदने में भी अपना रेट बढ़ाए हैं वो पैंतालीस रुपये जो है भैंस के दूध की खरीदारी करेंगे और पैंतीस रुपये गाय की खरीदारी करेंगे दूध बढ़ाने का हम लोगों ने जो निर्णय लिया सिर्फ इसीलिए कि लोगों तक अच्छा और साफ शुद्ध गुणवत्ता के साथ दूध पहुँचे और हमारे नुकसान की भरपाई हो सके दूध का निर्णय है आपके हम बिल्कुल सहमत हैं जो कि खरी भूषा बहुत महँगा हो चुका है दूध का रेट बढ़ाना हम लोग के लिए मजबूरी थी और भैंस का दूध पैंसठ रुपये और गाय का दूध पैंतालीस रुपये शहर में हम लोग देने का काम कर रहे हैं बिल्कुल शुद्धता की फुल गारंटी रहेगी उसके बाद गाँव में भी हम लोग चालीस तीस के जुआते थे उसको भी बढ़ाया गया पाँच रुपये लीटर